हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे दोस्तों ये वीडियो आज हम रात में सात बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों एक साथ कई सारे सॉफ्टवेयर रन करने से मेरा सिस्टम हैंग हो गया था और बढ़िया से काम नहीं कर रहा था तो कुछ देर के लिए रेस्ट दे दिए और दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें से कम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए मेरा फेस आपको नहीं देखेगा दोस्तों तो उतना कंट्रोल कर लीजिएगा लेकिन आपका जो प्रोमिस किए हैं कि 48 सीट पूरा मुझे करवाना है वो तो करवाएंगे ही ना तो आज दोस्तों हम लोग पेपर थर्ड देखने वाले हैं जो 5 जुलाई 2022 को 5 पीएम से साढ़े पीएम के बीच चला था आप सभी को फिर रिकॉल करवा दें कि एस एस एंड हवलदार 2021 का एग्ज़ाम 2022 में हुआ था 5 जुलाई 2022 से 5 जुलाई दो से दोस्तों पच्चीस जुलाई तक लगभग इसका एग्ज़ाम हुआ था तो इसका टोटल का हम आपको मैथ पेपर सॉल्यूशन करवाने वाले हैं क्योंकि इतना जल्दी मार्केट में बुक आता नहीं है और आप पैसों भी बर्बाद कर सकते हो तो दोस्तों इसके बाद और भी आपको बता दें ये हमारा क्वालिफिकेशन है इसको आप जल्दीबाजी में देख लीजिएगा हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों इसका जो पी आपको मिलेगा वो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पिंटू क्लासेज़ पटना उसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहाँ से आप ज्वाइन कर पाइएगा और हमारा पीडीएफ बिल्कुल दोस्तों स्मार्ट पीडीएफ है आप पहले इस्तेमाल कीजिएगा उसके बाद आप बताइएगा कैसा आपको लगेगा अब दोस्तों देखते हैं इसमें तीसरा फीचर क्या और है दोस्तों आप वीडियो देखोगे तो एक घंटा का जब वीडियो रहेगा तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन जानते हों जी अब आपको दोबारा देखना पड़े तो वैसा ना होने के लिए दोस्तों आपके आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्सन में ही हमने टाइम स्टाम्प लगा दिया है इसका आप इस्तेमाल करके जो क्वेश्चन आपको देखना हो उस क्वेश्चन पर आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं दोस्तों ये नया फीचर है आप लोगों को समझना चाहिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे आगे क्या है दोस्तों इसका प्ले भी बना दिए हैं जो कि इसमें एक वीडियो नहीं दो वीडियो डाला गया है अब आज जाएगा आपका तीसरा वीडियो तो आप इसको भी देख पाइएगा और रेगुलर बेसिस पर आपको ये प्ले देखते रहना है ताकि आपको किसी भी वीडियो का मिस ना हो दोस्तों दोस्तों ये वीडियो आपको पेड कोर्स लेने के बावजूद भी इस तरह का अपडेटेड कंटेंट और इस तरह का यूनिक कंटेंट नहीं मिल सकता दोस्तों तो आप जुड़े रहिएगा रहिएगावैश्य ये हमारा देखिए मैथ में हमेशा 25 मार्क्स आता ही मतलब हमेशा नहीं आता लेकिन इस बार आया है 25 फाइव टॉप 25 तो आप ये देख सकते हैं अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर वन है जीरो पॉइंट सिक्स इंटू 0.5 पॉइंट डिवाइड बाई जीरो और इस पूरे का डिवाइड दोस्तों 0.6 पॉइंट सिक्स प्लस जीरो तो इसे कुछ नहीं करेंगे दोस्तों सिंपल पहले ही सॉल्व करेंगे आपको बॉडमास का रूल तो दोस्तों पता ही होगा ना बोडमास का बॉर्डमास पहले ब्रैकेट का फिर ऑफ का फिर डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन का फिर एडिशन का फिर सब्सट्रैक्शन का दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग तो देखेंगे भागा का क्रिया होगा भाग और गुना में तो 0.6 पॉइंट छः करेंगे दोस्तों तो यहाँ 1 हो जाएगा और गुना करेंगे 0.6 पॉइंट सिक्स से यहाँ हमारा हो जाएगा दोस्तों 0.6 प्लस यहाँ पे है दोस्तों तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे फिर यहाँ पे है 0.5 पॉइंट 0.5 गुना जीरो तो जीरो पॉइंट करेंगे दोस्तों एक होगा और एक को जब हम लोग दोस्तों गुना करेंगे जीरो से तो यहाँ पर हमारा जीरो होगा दोस्तों ठीक है अब दोस्तों नीचे में क्या है 0.6 पॉइंट छः है दोस्तों यहाँ पे 0.6 पॉइंट गुने ज़ीरो है तो इसको गुना करेंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा 0.3 और 0.3 पॉइंट तीन यहाँ पर है 0.3 पॉइंट तीन यहाँ पर है तो दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 0.6 अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 6 और 5 हो जाएगा हमारा ग्यारह जो कि एक है और इसको नीचे में लिखेंगे हम लोग जीरो अब ये दोनों को दस हटाएंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा सही ऑप्शन नंबर तीन जो कि ग्यारह बुप्ट छः है ठीक है दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो की ओर क्वेश्चन नंबर दो में क्या बोलता है दोस्तों दोस्तों आपको बता दें कि आज का जो पेपर हुआ है पाँच जुलाई 2022 थर्ड शिफ्ट का वो दोस्तों टॉप शिफ्ट में पड़ा है दोस्तों तो चार पाँच क्वेश्चन आपको देखिएगा लंबा लंबा पड़ेगा जो कि ये क्वेश्चन इसमें भी शामिल है दोस्तों बोल रहा है मेरे दोस्त कि साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट ठीक है एक राशि आठ वर्षों में स्वयं की दो गुनी हो जाती है ठीक है और चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वह राशि दो वर्षों में स्वयं की चार गुनी हो जाती है प्रस्तावित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दरों का दर को मतलब बोलते हैं दोस्तों रेट और जिसको डिनोट करते हैं आर अब यही बोल रहा है कि वार्षिक दरों का अनुपात ज्ञान कीजिए मतलब पहला जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट पहला जो आप सिंपल इंटरेस्ट पर जो आपका रेट है दोस्तों उसको मान लेंगे r1 और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जो रेट है दोस्तों उसको हम लोग मान लेंगे r2 अब यही दो चीज़ हमको बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है कि आर का रेशियो एस टू आर का रेशियो निकालना है दोस्तों यही हमारा क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है तो हमको यहीं तक पहुँचना है तो सबसे पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ेंगे दोस्तों उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब बोल रहा है कि साधारण बच पर एक राशि वो राशि दोस्तों यहाँ कुछ भी लिखा नहीं है ना तो हम हमेशा एक मान लेते हैं तो ये जो राशि हमारा है, है दोस्तों इसको हम मान लेते हैं एक तो मान इसका आपको फार्मूला पता होगा दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर दोस्तों हंड्रेड होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का दोस्तों फॉर्मूला होता है पी इंटू हंड्रेड हंड्रेड और इसका पावर में दोस्तों होता है एन मतलब जितना साल का होता है और इसमें फिर अगर हम लोग प्रिंसिपल यानी कि मूल राशि को घटा देते हैं दोस्तों तो बन जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है दोस्तों तो इतना बात आपको ध्यान रखना है उसके बाद सारा मामला साफ करेंगे यहां पे हम अब बोल रहा है मान लीजिए कि यही फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट वाला तो बोल रहा है दोगुनी हो जाती है इस बात को भी ध्यान रखना है पहला अगर हमारा राशि एक है दोस्तों तो ये दोगुनी हो जाता है मतलब वो राशि एक से बढ़कर कितना हो जाता है दोस्तों दो हो जाता है राशि अगर यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों दो वर्षों में समय की चार गुनी हो जाती है तो पहले अगर राशि यहाँ दोस्तों एक है ना तो यहाँ पे बढ़ के हमारा कितना राशि हो जाएगा दोस्तों चार हो जाएगा इस बात को ध्यान रखिएगा उसके बाद आपको बन जाएगा अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं मान लीजिए कि वो राशि हमारा सिंपल इंटरेस्ट हम लोग दोस्तों निकालते हैं तो वो राशि समय का चार दो गुनी हो जाती है तो दोस्तों इस फॉर्मूला से आप ध्यान रखिएगा पहला राशि हमारा है वन रेट हमारा कुछ पता नहीं तो r1 मानेंगे और t टाइम हमारा दोस्तों आठ वर्ष यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आठ लिखेंगे और वो राशि हमारा हो जाता है दो गुना पहले राशि एक है फिर राशि हो जा रहा है दो तो दोस्तों कितना ब्याज बढ़ रहा है पहले राशि एक है दो हो जा रहा है तो एक ब्याज बढ़ा तभी तो राशि दो हुआ दोस्तों तो यहाँ पर एक बढ़ा तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों एक तो यहाँ पे R1 बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1 बाय एट ठीक है दोस्तों अब इसी तरह से दोस्तों ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फंडा था यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये हम सिंपल इंटरेस्ट वाला निकाले थे अब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का जो दूसरा कॉन्सेप्ट बोल रहा है दोस्तों उसको निकालेंगे बोल रहे यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो अब यहाँ पर चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंडेंट वाला अब दोस्तों बोल रहा है कि तो वह राशि दो वर्षों में स्वयं की चार गुणी हो जाती है पहले राशि अगर एक है दोस्तों तो ये राशि कितना हो जा रहा है दोस्तों चार हो जा रहा है इसके अकॉर्डिंग ठीक है तो इसमें फार्मूला लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना है दोस्तों प्रिंसिपल हमारा है एक अब यहाँ रेट हमारा कुछ नहीं पता है तो मान लेंगे रेट आर टू अब बोल रहा है कितने साल के लिए दोस्तों दो साल के लिए तो फार्मूला लगाएंगे हंड्रेड प्लस आर सॉरी यहाँ पर आर को ऐसे नहीं लिखेंगे दोस्तों इसका फार्मूला ही होता है ये क्या होता है दोस्तों हंड्रेड प्लस R2 बाय उसके बाद नीचे में लिखेंगे 100 उसके बाद यहां दो साल के लिए बोला है दोस्तों यहाँ देखिएगा दो वर्षों के लिए मेरा कर्सर पर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पे पावर में करेंगे दोस्तों इसका दो और बराबर में दोस्तों लिख देंगे हम लोग दोस्तों फिर से शायद सिस्टम हैंग करने लगा है तो कुछ देर के लिए हम इसको पॉज कर देते हैं दोस्तों दोस्तों अब कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे तो हमारा यहाँ पे मूल राशि एक है दोस्तों और ये दो साल के लिए बोल रहा है तो 100 प्लस आर टू बाय हंड्रेड हो जाएगा दोस्तों और ये राशि कितना हो जाता है दोस्तों चार गुणी हो जाता है तो यहाँ पर सिंपल हम लोग दोस्तों चार लिख देंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या है दोस्तों देखिए स्क्वायर यहाँ पे है स्क्वायर है दोस्तों तो इधर जाके रूट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों हंड्रेड प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों चार हो जाएगा दोस्तों कितना चार ने यहाँ पे दोस्तों इसका चार का हो जाएगा रूट तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना दो हो जाएगा अब यहाँ से r2 निकालेंगे दोस्तों तो दो सौ इधर से गुना होगा और इधर सौ माइनस होगा तो हमारा बचेगा दोस्तों कितना बचेगा दोस्तों हमारा सौ बचेगा तो यहाँ पे ये यह सौ क्या है दोस्तों r2 है ठीक है तो इस सौ को दोस्तों अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो भागा इसको देंगे सौ से दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा एक अब एक हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर बोल रहा है कि आर वन और आर टू का क्या कीजिए रेशियो ज्ञात कीजिए प्रस्तावित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दरों का अनुपात ज्ञात कीजिए तो आर वन हमारा कितना है दोस्तों आर वन हमारे यहाँ पर है वन बटा आठ और आर टू हमारा कितना है दोस्तों ये है हमारा वन तो ये दोनों रेशियो में आ गया तो ये आठ उधर चला जाएगा तो ये हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वन जो कि हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड इसको बार बार रिपीट कर लीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दोस्तों इजी क्वेश्चन है पी एस टू क्यू बराबर चार एस टू पाँच और पी एस टू आर बराबर टू एस टू थ्री इसमें अगर दोनों में दो से गुनाह कर दें दोस्तों तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों और दोनों में अगर दो से गुनाह कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा दो दोना चार और ये हो जाएगा हमारा तीन दोना छः क्योंकि यहाँ भी P है यहाँ भी P है एक कहेगा यार एक जगह हम चार हैं एक जगह दो हैं सब पॉसिबल हो ही नहीं सकता एक आदमी अलग अलग हो कैसे सकता है तो ये बोल रहा है कि नहीं हम तुम्हारे जैसा हो जाएंगे तो ये दो से गुना कर लेगा और ये भी चार हो जाएगा दोस्तों और ये तो चार ऑलरेडी है ही अब सीधा सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों थ्री तो थ्री यहाँ लिखेंगे और पी का वैल्यू हमारे पास कितना है दोस्तों चार है तो चार से गुना कर देंगे फिर यहाँ पर बोल रहा है फोर है दोस्तों तो फोर यहां लिखेंगे और क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों पाँच है तो यहां पाँच से गुना कर देंगे उसके बाद यहां पे फाइव है दोस्तों फाइव लिखेंगे और यहां आर है तो आर का वैल्यू कितना है दोस्तों सिक्स है तो यहां पे सिक्स से गुना कर देंगे अगर इसमें देखा जाए दोस्तों तो यहां पे हो जाएगा चरती बारह पाँच बीस और यहाँ पर हो जाएगा हमारा छः पचे तीस अब ये तीनों में अगर देखा जाए दोस्तों तो दो हमारा कॉमन है तो यहाँ दो से भागा देंगे तो छः बचेगा यहाँ दो से भागा देंगे दस बचेगा और यहाँ दो से भागा देंगे तो पंद्रह बचेगा जो कि ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर की ओर क्वेश्चन नंबर फोर दोस्तों ये डी का क्वेश्चन है अब इसको हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है यदि एच में बिस्तरों की संख्या उनचालीस है दोस्तों एच में एच सेवन कहाँ है दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है एच सेवन में बिस्तरों की संख्या उनचालीस है तो सभी सात अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये हमारा डिग्री दिया हुआ है और जब भी डिग्री का हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो ये हमेशा 360 सौ साठ पर हम लोग काम करते हैं जब भी हम लोग दोस्तों परसेंटेज का बात करते हैं तो हमेशा, हमेशा, हमेशा, हमेशा हम लोग शौक़ की बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है मेरा दोस्त कि छब्बीस डिग्री बराबर उनचालीस दिया हुआ है तो बोला सभी सात अस्पतालों का ये पूरा सात अस्पताल का बोला है तो ये 360 डिग्री का कौन बना रहा है तो हम लोग को 360 डिग्री का मान निकालना है दोस्तों तो क्या करेंगे 360 डिग्री बराबर उनचालीस बटा छब्बीस गुने 360 करेंगे दोस्तों अब 13 दोनों छब्बीस 13 तिया उनचालीस दो से काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा अठारह आथार, अब अठारह तिया चौवन हो जाएगा दोस्तों तो पाँच इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन का है अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोलता है एक छोटा वृत्त बड़े वृद्ध वृत्त को इंग्लिश में सरकर बोलते हैं को आंतरिक रूप से मतलब इंटरनल रूप से स्पर्श करता है और बड़े वृत्त के केंद्र ओ से भी गुजरता है देखिए दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले फिगर बनाएंगे सबसे पहले एक बड़े सर्कल का निर्माण करते हैं दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है और इसका सेंटर को दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं दोस्तों वो ठीक है दोस्तों अब बोल रहा है कि एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से आंतरिक रूप से मतलब दोस्तों ये अंदर में ठीक है बाहर बोलता तो बाहर हो जाता ऐसे बाहर में तो छोटा वृद्ध बनता ही नहीं एक ऑब्बियस सी बात हर कोई समझता है अब बोल रहा है कि इसके वृत्त के को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है इसको थोड़ा हरा मार्कर से आपको दिखाएंगे दोस्तों तब आप समझेंगे कुछ इस प्रकार से बोल रहा है दोस्तों कि इस प्रकार से कुछ वृत्त बन रहा है ठीक है दोस्तों ये स्पर्श हम ज़्यादा करवा दिए अब बोल रहा है एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है तो इस छोटा इस बड़ा जो वृत्त दोस्तों इसका हम लोग रेडियस को मान लेते हैं बड़ा आर और इस जो छोटा वृत्त है दोस्तों इसका रेडियस को हम लोग मानते हैं छोटा आर यहाँ भी मान लेते हैं दोस्तों छोटा आर ठीक है छोटा ब्रित का रेडियस कौन लोग मान लिए छोटका का आर इसका सेंटर देखिए दोस्तों ये O1 मान लेते हैं ठीक है अब बोल रहे यदि छोटे ब्रित का क्षेत्रफल एक सेंटीमीटर स्क्वायर है छोटे ब्रित का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों तो इसका फॉर्मूला होगा पाए आर स्क्वायर और इसका दोस्तों वैल्यू कितना दिया हुआ है एक सेंटीमीटर स्क्वायर तो बोल रहा बड़े ब्रेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो बड़े ब्रेद का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आर है इसका बड़ा रेडियस तो इसका क्षेत्रफल होगा हमारा पाए आर स्क्वायर अब दोस्तों अब कहोगे ये पाए आर स्क्वायर हो गया तो ये बड़ा का आर का हमको वैल्यू पता होना चाहिए अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है दोस्तों कि ये जो हमारा छोटा आर है और ये बड़ा आर है इसके बीच के रिलेशन क्या है तो हम आराम से कह सकते हैं दोस्तों ये बड़का आर जो है सो छोटा टू के बराबर है क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक फिर से हम पेन यहाँ मारकर चेंज करते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आए यहाँ से अगर दोस्तों अगर हम यहाँ की बात करें दोस्तों तो ये भी हमारा R ही है और ये R A छोटका R और छोटका R से मिल बना है तो ये छोटका R छोटका आर हो जाएगा हमारा टू आर और टू आर बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाता है दोस्तों आर बड़ा आर हो जा रहा है तो इस बड़ा आर का वैल्यू हमारा कितना हो गया दोस्तों टू हो गया तो इसको फिर से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं उसके बाद आपको समझ में आएगा ये है दोस्तों यहाँ पे पाए और बड़ा आर के बदले में लिखेंगे दोस्तों टू आर और इसका करेंगे दोस्तों लोग स्क्वायर तो इसको करेंगे पाए आर स्क्वायर इंटू फोर अब पाए स्क्वायर का देखेंगे दोस्तों यहाँ वैल्यू हमारा दिया हुआ है एक सौ बिरानवे बे। तो यहाँ पे बैठाएंगे दोस्तों एक सौ बिरानवे बे। करेंगे चार से तो एक सौ बे करेंगे तो चार गुना आठ उन्नीस चक छिहत्तर जो कि सात दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर चार इसका सही उत्तर दोस्तों गवर्नमेंट जॉब लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा इसमें कोई उपाय आपको नहीं करना है कि नहीं पढ़ेंगे तब भी ले लेंगे आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर ये भी दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन क्या कीजिएगा बनाना ही पड़ेगा एग्जाम एस एस सी का हो या सी का क्वेश्चन का लेवल कम बेसी नहीं रहता सबका बराबर रहता है दोस्तों दोस्तों एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है मिश्रण मतलब जानते हैं दोस्तों दो या दो से अधिक जब हम लोग पदार्थ को मिला देते हैं जैसे दूध और कहीं पानी मिला दिए तो ये मिश्रण हो जाता है दूध और कहीं दही मिला दिए तो मिश्रण हो जाता है गुड़ और पानी अगर हम लोग मिलाते हैं वो तो भी मिश्रण होता है दोस्तों इसको समझिएगा बोल रहा हैं एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है जो सेवन के अनुपात में है दोस्तों मान लीजिए कि ये हमारा कंटेनर है दोस्तों ठीक है और इसमें ए और बी दो मिश्रण है पहला मिश्रण ये है दोस्तों दूसरा मिश्रण बी है तो रेसियो जब भी होता है दोस्तों वो एक्स मान लेते हैं हम तो लोग यहाँ पे सात है तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे सात एक्स ठीक है और बीच जो इसमें है दोस्तों वो हमारा है पाँच एक्स अगर टोटल बात करें दोस्तों कि इस कंटेनर में आ, कितना कितना मिश्रण है तो सात एक्स प्लस पाँच एक्स हम कर देंगे दोस्तों यहाँ पर बारह इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आपको अभी सोल्यूशन जब बताएँगे दोस्तों तब तो आपको समझ में आएगा ये हमारा टोटल कितना हो गया दोस्तों बारह अब बोल रहे हैं यदि इसके 9 लीटर मिश्रण को मतलब इस बारह एक्स में दोस्तों 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ बीस से बदल दिया जाए तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात सेवन एस टू हो जाता है आरंभ में इस मिश्रण में तरल ये की मात्रा कितनी थी अब दोस्तों हम बनाएंगे आपको लास्ट जाते थे समझ आ जाएगा यहाँ पर आप थोड़ा सा धैर्य अपना बनाए रखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अगर ये नौ लीटर मिश्रण को हम निकाल रहे हैं इससे तो 9 लीटर निकाल रहे हैं तो मतलब पदार्थ ए को भी निकाल रहे हैं पदार्थ बे को भी निकाल रहे हैं जैसे इससे अगर 9 लीटर हम लोग निकालेंगे दोस्तों तो ए से भी कुछ भाग निकलेगा बी से भी कुछ भाग निकलेगा तो ए से हमारा कितना भाग निकलेगा दोस्तों ए से कितना भाग निकलेगा यहाँ से अगर हम लोग निकालने का प्रयास करें दोस्तों तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ए से हमारा कितना निकलेगा दोस्तों तो इस ए से हमारा निकलेगा सात एक्स बटा क्योंकि दोस्तों इस पूरे मिश्रण में बारह एक्स में दोस्तों सात एक्स हमारा कितना क्या है मिश्रण ये है अब इस मिश्रण का हम लोग दोस्तों 9 नौ, नौ, नौ लीटर मिश्रण में 12 लीटर मिश्रण में दोस्तों 7 लीटर निकाल रहे हैं तो 9 लीटर में कितना निकालेंगे तो इसका हम 3 से भागा लगाएंगे 3 चार 12 करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा इक्कीस बटा निकालेंगे ठीक है दोस्तों अब इसी तरह से हम लोग बी में निकालने की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग बारह लीटर में हमारा 5 लीटर मिश्रण है तो 9 लीटर में कितना होगा तो सीधा करेंगे दोस्तों 5x एक्स बटा बारह एक्स गुने नौ तीन तिया नौ से काटेंगे तीन चक 12 यहाँ हो जाएगा और 5 तिया 15 बटा चार हमारा हो जाएगा दोस्तों जो कि मिश्रण बी से निकालेंगे अब ये दोनों को निकाल के इसमें 9 लीटर मिश्रण क्या कर रहा है बी में मिला दे रहा है अब हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे दोस्तों मान लीजिए पहले ऊपर हम लोग लिखेंगे ये मिश्रण और बटा में लिखेंगे नीचे बी मिश्रण ठीक है अब इसमें किया क्या जा रहा है दोस्तों कि पहला मिश्रण में मतलब ये जो हमारा सात एक्स है दोस्तों इसमें से हमारा इक्कीस बटा चार क्या कर किया जा रहा है दोस्तों निकाला जा रहा है ठीक है दूसरा मिश्रण हमारा जो बी है दोस्तों वो हमारा पाँच है और इससे हमारा कितना निकाला जा रहा है दोस्तों तो पंद्रह बटा निकाला जा रहा है मेरा कर्सर पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों समझ में आएगा अब क्या किया जा रहा है इतना निकालने के बाद फिर से इसमें क्या किया जा रहा है दोस्तों 9 लीटर को जोड़ दिया जा रहा है क्या मिश्रण को है जैसे इतना इक्कीस बटा चार पंद्रह बटा चार जोड़िएगा तो इक्कीस पाँच छब्बीस और दस 36 बटा चार यानी कि नौ लीटर निकाल लिया अब यही 9 लीटर निकालने के बाद 9 लीटर किसमें में जोड़ दे रहा है दोस्तों बी में जोड़ दे रहा है इसमें जोड़ दे रहा है थोड़ा सा कर्स पर ध्यान दीजिएगा तो हमारा रेशियो बन जाता है दोस्तों सात बटा ठीक है दोस्तों तो बोल रहा है आरंभ में इस मिश्रण में तरलिए की मात्रा कितनी थी तरलिए की मात्रा यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं दोस्तों सात एक्स है अगर हम इस एक्स की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों तो आराम से हम तरलिए की मात्रा निकाल निकाल सकते हैं लेकिन इसे एक अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि ये जो एक हम मिश्रण का जो हमारा वैल्यू होगा वो सात का मल्टीपल होगा क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो सात गुना ही करेंगे ना तो इसका आंसर तो ये दोस्तों तीसरा और ये हमारा दूसरा हो नहीं सकता है क्योंकि ये सात का मल्टीपल नहीं है सात से उन्नीस कटता नहीं पैंतीस कटता है इक्कीस करता है दोनों में से कोई एक हो सकता है दोस्तों तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे दोस्तों इसका सोल्यूसन हम लोग करना स्टार्ट करेंगे और ये करना ही पड़ेगा जब आपको जॉब लेना है तो अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों इसका एल्शियम ले लो सात क्या अट्ठाइस माइनस हो जाएगा अट्ठाइस एक्स इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा बटा चार फिर यहाँ पे हम लोग बड़ा लिखेंगे उसके बाद हमारा हो जाएगा दोस्तों इसका एल्सियम फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा चार और फिर यहाँ हो जाएगा पाँचक बीस एक्स माइनस पंद्रह प्लस छत्तीस बराबर यहाँ पर हमारा है सात बटा नौ ये चार से दोस्तों ये हमारा चार कटेगा तो क्या बच जाएगा दोस्तों इसको थोड़ा सा फिर जिधर हम लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा अट्ठाईस एक्स माइनस इक्कीस फिर यहाँ भागा में बचेगा हमारा 20x एक्स माइनस पंद्रह और 36 को हम लोग अगर घटाएँगे तो हमारा बचेगा कितना दोस्तों 15 और छः इक्कीस यहाँ शायद बचेगा और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों प्लस में क्योंकि 36 में 15 घटाएँगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में और इतना बराबर दिया हुआ है दोस्तों सात बटा ठीक है दोस्तों अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना दोस्तों और ये करना ही पड़ेगा दोस्तों कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए आपको अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे दोस्त इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अट्ठाईस और 9x को हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे नौ अट्ठी बहत्तर अब नौ अट्ठी बहत्तर उसके बाद यहाँ नौ दो नौ और सात पच्चीस एक्स यहाँ फिर हो जाएगा माइनस इक्कीस गुने करेंगे इसको क्यों ऐसा ही छोड़ेंगे आपको बताएँगे फिर बाद में अब यहाँ पर बीस सत्य हो जाएगा दोस्तों हमारा एक सौ चालीस एक्स और यहाँ पे फिर यहाँ हमारा प्लस में हो जाएगा इक्कीस गुने सात ठीक है दोस्तों अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दो सौ बावन एक्स और एक सौ चालीस एक्स को घटाएंगे तो दो में जीरो जाएगा दोस्तों बचेगा दो और पच्चीस में हमारा चौदह जाएगा दोस्तों तो हमारा कितना बचेगा ग्यारह एक सौ बचेगा अब इधर से दोस्तों हम लोग इक्कीस गुने और यहाँ पे इक्कीस गुने ये हमारा इक्कीस है दोस्तों यहाँ रखिएगा सत्ताईस नहीं है ये हमारा कितना है अकीस है तो इक्कीस गुने नौ इधर माइनस में है तो इधर जाके हो जाएगा बराबर के उधर जाके प्लस में तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इक्कीस गुने नौ प्लस इक्कीस गुने सात ठीक है फिर से यहाँ एक एक्स लिखेंगे और यहाँ से इक्कीस को कॉमन लेंगे तो नौ और सात यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16, अब यहाँ से काटेंगे तो सोलह सत्य होता है दोस्तों बरूतल से सत्य या होता है इक्कीस अब हमारा एक्स का वैल्यू आ गया दोस्तों तीन तो बोल रहा है मेरे दोस्त कि आरंभ में तरल ये की मात्रा कितनी थी तो यहाँ पे तरल ये की मात्रा कितनी है दोस्तों सात एक्स है जब इस x का वैल्यू मुझे तीन मिल ही गया तो यहाँ पे इसको गुना कर देंगे तीन से दोस्तों तो हो जाएगा हमारा अक्स लेटर ठीक है एम को सिंपल में मत लीजिएगा दोस्तों इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तभी बना पाओगे जब आपका बार बार प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चन पर होगा ठीक है अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर क्वेश्चन नंबर सेवन दोस्तों बिल्कुल आसान है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कोई दिक्कत नहीं ऐसे हमारा हो जाएगा आयत इसका लंबाई हमारा 12 है चौड़ाई 6 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई तो 12 छः हो जाएगा दोस्तों हमारा बहत्तर इसका क्या क्षेत्रफल ठीक है अब बढ़ते हैं दोस्तों मेरे क्वेश्चन नंबर एट की ओर क्वेश्चन नंबर एट दोस्तों देखिए इस ये क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको प्रैक्टिस पर रहना पड़ेगा बोल रहा है मेरे दोस्त कि ए और बी जो है सो मिल कर किसी काम को 18 दिन में कर रहा है बी और सी जो है सो मिल कर किसी काम को मेरे दोस्त चौबीस दिन में कर रहा है सी और ये जो है सो किसी काम को मिलकर मेरे दोस्त छत्तीस दिन में कर रहा है तो हम लोग जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाते हैं सीधा इसका मेरे दोस्त एल लेते हैं ठीक है तो 18, 24 और 36 का मेरे दोस्त जब आप एल्शियम लोगे तो बहत्तर आएगा ये आप करके देख लीजिएगा क्योंकि उतना जब आपको आसान मतलब उतना बच्चा वाला बात बताएंगे दोस्तों तो एक घंटा का वीडियो दो घंटा चला जाएगा तो तेज बाबू बोलेंगे कि टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे दोस्त तो टाइम वेस्ट कम करेंगे कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा अब यहाँ पर इसका क्षमता निकालेंगे दोस्तों अठारह भागा बहत्तर तो चार हो जाएगा हमारा चौबीस भागा बहत्तर तो चौबीस भागा बहत्तर तो तीन हो जाएगा और छत्तीस भागा बहत्तर हमारा दो हो जाएगा तो बोल रहे ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ए बी और सी के लिए हमको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता निकालेंगे ना दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता क्या है तभी तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब देखिए इसको अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए तो यहाँ पर हमारा हो जाता है टू टाइम ए प्लस बी प्लस सी और इसका वैल्यू हमारा है दोस्तों चार तीन सात या दो नौ अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी अगर हम वो निकालने का प्रयास करें दोस्तों तो हो जाता है नौ बटा दो अब हमारा टोटल क्षमता यहाँ पे दोस्तों कितना है काम का बहत्तर है तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा तो नौ बटा दो में करेगा ये दो चला जाएगा दोस्तों हमारा ऊपर तो ये हमारा हो जाएगा एक सौ यानी कि बारह दिन में दो 16 दिन में 144 सौ चौवालीस बटन हमारा होता है दोस्तों 16 तो हमारा ये काम कितना दिन में कंप्लीट कर देगा 16 दिन में अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों बड़ा ही मस्त सवाल है स्पीड एंड टाइम का जो कि हमारे दैनिक जीवन में भी यूज हो सकता है दोस्तों बोल रहा है एक चोर थाने से आठ ही मतलब आठ बजे सुबह साइकिल द्वारा पचास किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से भाग निकलता है एक पुलिसकर्मी पैंसठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साढ़े नौ एम को मोटरसाइकिल द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करता है तो बोलता है थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ा दोस्तों मान लीजिए कि ये हमारा मेरे दोस्तों थाना है और यहाँ से चोर जो सो कुछ चुरा चुरा के भागे मान लीजिए कुछ आ, थाना से मान लीजिए कुछ आ, क्या बम चुरा के भाग गया या फिर पिस्तौल चुरा के भाग गया तो चोर जो दोस्तों भाग के यहाँ आ गया अब एक बेचारा यहाँ से आठे बजे निकला है ये बेचारा यहाँ से साढ़े बजे निकला है तो ओबियस सी बात है डेढ़ घंटा पीछे जो ये चोर जो है दोस्तों ये चोर निकला है आठ बजे और यहाँ से दरोगा बाबू जो हमारा निकला है दोस्तों ये निकला है साढ़े बजे तो यहीं देख रो आठ बजे साढ़े नौ बजे डेढ़ घंटा का डिफरेंस पर दोस्तों दरोगा बाबू निकला है तो ओबियस सी बात है दरोगा बाबू का जो गाड़ी का स्पीड होगा तेज होगा चोर की गाड़ी की स्पीड से तभी तो उसको पकड़ पाएगा दोस्तों तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम बताएँ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है उस पर हम लोग अमल करेंगे दोस्तों अब दोस्तों हम देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं और आपको फिर से इसको कॉन्सेप्ट वाइज बताने का प्रयास करते हैं यहाँ मान लिए दोस्तों हमारा क्या है सॉरी यहाँ पे हमारा पहले चोर है जो कि आठ एम पर निकलता है ठीक है आठ एम पर कौन निकलता है दोस्तों चोर निकलता है और चोर जो सो आठ पर निकल रहा है और चोर दोस्तों भागते भागते भागते भागते भागते भागते, भागते, भागते मान लेते हैं कि चोर हमारा साढ़े नौ बजे साढ़े नौ बजे इस पॉइंट पर पहुंच जाता है मतलब ये थाना है यहाँ से भागा बेचारा तो हमारा कहाँ पहुँच गया यहाँ इस पॉइंट पर पहुँच गया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और फिर यहाँ से भागते भागते बोला दिए वो पकड़ लेगा इसलिए और आगे भाग गया बेचारा और यहाँ पर दोस्तों हमारा चोर पहुँच गया और यहाँ जैसे चोर पहुँचा पुलिस बाबू इसको पकड़ लिया क्योंकि देख सकते हैं पुलिस बाबू का गाड़ी का स्पीड पैंसठ का है और चोर बाबू का स्पीड पचास का ही है तो पंद्रह किलोमीटर पुलिस बाबू का स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है पुलिस बाबू कहीं ना कहीं चोर को पकड़ेगा ही पकड़ेगा तो दोस्तों क्या हम लोग करेंगे देखिएगा साढ़े बजे यहाँ से कौन निकलता है भैया हमारा आ, दरोगा बाबू क्या लिखा है तो दरोगा लिखा है कि नहीं पुलिस घर में लिखा कुछ नहीं इसको हम पुलिस लिख देंगे दोस्तों पुलिस कर में निकलता है तो दोस्तों यहां पे देखेंगे बजे साढ़े नौ बजे के बीच में डेढ़ घंटा का गैप है दोस्तों। यहां से यहां तक देखोगे तो एक पॉइंट पांच घंटा तो में अगर हम देखें दोस्तों तो एक चौरा जो है वो पचास की स्पीड से भाग रहा है तो कितना दूरी पहुंच जाएगा वो दूरी बराबर होता है ना दोस्तों चार समय मतलब एस को बोलते हैं स्पीड टाइम तो इसका स्पीड हमारा भैया का है 50 और डेढ़ घंटा ले रहा है तो डेढ़ घंटा 50 और पचास कितना हो जाएगा दोस्तों 75 किलोमीटर हो जाएगा तो ये जो है सो 75 किलोमीटर पहुंच जाएगा डेढ़ घंटा के भीतर अब इधर यहां से ये 9:30 बजे के बाद इधर कितना भागा इसका हम लोग अंदाजे नहीं है तो इसको मान लेंगे दोस्तों एक्स अब यहाँ पर जब चोर पहुँचा साढ़े बजे तब यहाँ से पुलिस बाबू निकलता है चोर को तो दूरी तय करना है दिखाते हैं आपको चोर को जो दूरी तय ऐसे होगा चोर को दोस्तों दूरी जब इतना तय करता है तो पुलिस बाबू दूरी इतना तय कर लेता है कैसे ये भी साढ़े नौ बजे यहाँ से निकला यही ये, ये भी साढ़े नौ बजे यहाँ से निकला लेकिन पुलिस बाबू का स्पीड बार बोल रहे हैं कि स्पीड ज़्यादा है तो पकड़िए लगा कहीं ना कहीं चोर को अब यहाँ से दोस्तों ये साढ़े नौ बजे यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ ये दस बजे पहुँच गया हो चाहे बारह बजे पहुँचा हो चाहे एक बजे पहुँचा हो कभी भी पहुँचा हो तो उसी समय पुलिस भी पहुँचेगा तब न इसको पकड़ेगा तो दोनों का अगर देखें दोस्तों तो टाइम हमारा बराबर है जो टाइम है दोस्तों ये क्या है बराबर है तो दोनों का जब टाइम बराबर होता है दोस्तों तो हमारा हो जाता है डी वन बटा S2 ठीक है दोस्तों D1 का मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और D2 यहां के बराबर यहाँ से लेके कर यहाँ तक का डिस्टेंस और स्पीड ये हमारा हो जाएगा इसका चोर का और एक स्पीड हमारा हो जाएगा पुलिस का तो D1 को सबसे पहले हम लोग दोस्तों मानते हैं क्या सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं चोर का स्पीड चोर का दूरी तो चोर यहीं साढ़े बजे यहाँ से यहाँ तक भागेगा कितना भागेगा एक्स भागेगा दोस्तों अब इसका स्पीड कितना बेचारा का तो पचास किलोमीटर प्रति घंटा है अब इसी तरह से पुलिस बाबू जो है सो कितना भागेगा ये तो x किलोमीटर भागभ ही करेगा क्योंकि बेचारा साढ़े नौ बजे डेढ़ घंटा पीछे भागे, उसको ज़्यादा भागना पड़ेगा ना तो यहाँ से पचहत्तर भागेगा उसके बाद x किलोमीटर और भागेगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे पचहत्तर प्लस एक्स बटा और यहाँ पे s2 का वैल्यू अगर देखें मतलब चोर का जो पुलिस का जो स्पीड है वो हमारा है, है दोस्तों पैंसठ किलोमीटर प्रति घंटा अब यहाँ से हम लोग दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बोलता है थाने से कितने दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ता है तो कितने दूरी पर पकड़ता है सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा 75 प्लस एक्स मतलब इतना दूरी पर पकड़ रहा है 75 प्लस एक्स और हमारा इसी का वैल्यू निकालना है दोस्तों तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा है? बताते हैं यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल के यहाँ पर बैठाएंगे तो निकल जाएगा ना दोस्त तो यहाँ पर पैंसठ एक्स पे पचास है तो इन दोनों में घटेगा दोस्तों तो यहाँ पर हमारा बचेगा पंद्रह एक्स पचास अब काटेंगे तो पंद्रह पचे होता है दोस्तों पचहत्तर तो x बराबर हमारा हो जाएगा पचास पचे अढ़ाई सौ तो x बराबर हो गया अढ़ाई सौ और यहाँ पे है पचहत्तर तो x का वैल्यू यहाँ बैठा देते हैं दोस्तों अढ़ाई सौ तो आप जोड़ेंगे दो मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा हो जाएगा पच्चीस और सात ब तीस और पाँच जो कि हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर वन टू में है तीन सौ पच्चीस किलोमीटर इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट करके देखिएगा तभी बनने वाला है एग्जाम हॉल में तभी आप हंड्रेड परसेंट स्कोर कर पाओगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दस ये भी क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड है छोटा दिख रहा है फिर भी उस ठोस बिलन का वक्र पृष्टीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कर्वड सरफेस एरिया जिसके आधार की तिरजिया चौदह सेंटीमीटर और आयतन आयतन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम जिसको भी से डिनोट करते हैं सात हज़ार तीन सौ बिरासी सेंटीमीटर स्क्वायर सबसे पहले मेरे दोस्त अगर देखा जाए तो इस तरह से हमारा बेलन होता है ओके इस तरह से बेलन होता है और इसका अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात करें तो होता है इसका फॉर्मूला टू पाए आर इन यहाँ से देखेंगे तो रेडियस हमारा मेरे दोस्तों दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर लेकिन हाइट नहीं दिया हुआ है लेकिन हाइट निकालने के लिए कुछ हम लोग को ये क्लूज दिया हुआ जरूर कि इसका आयतन जो है वो सात हज़ार है तो यहाँ से अगर देखें तो इसका जो आयतन होता है जो इसका सिलेंडर का आ, बेलन का जो आयतन होता है वॉलीम वो होता है दोस्तों पाए आर स्क्वायर एन तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सात मेरा दिया हुआ है दोस्तों तो पाए का वैल्यू यहाँ पे 22 बटा सात बैठाएँगे और रेडियस का वैल्यू यहाँ पे 14 का स्क्वायर है तो 14 गुना चौदह करेंगे और यहाँ से हाइट हमारा है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हाइट निकल जाएगा ना दोस्त तो इसको कुछ नहीं करेंगे भागा तो लगाना पड़ेगा तो भागा लगाते हैं 22 से इसको काटते हैं तो हो जाएगा बाईस तीय छियारसठ सात और नौ बाईस दो न बाईस तीस छियासठ यहाँ हो गया बाईस तीय छियारसठ चार तीन सात नौ बाईस तीय छियाड़सठ तेरह एक सौ बत्तीस बाईस छः एक सौ बत्तीस हो गया अब यहाँ से चौदह से कटेगा चौदह दूना अट्ठाईस पाँच चौदह से भी कट जाएगा तो चौदह दूना अट्ठाइस और चौदह चक छप्पन ठीक है ओके राइट राइट राइट चौदह दूना अट्ठाईस पाँच छः चौदह चक छप्पन इससे भी कट गया अब उसके बाद ये यह जो यहाँ बटा सात इसको काटते हैं यहाँ दो से अब दो से इसको काटेगा तो हमारा बचेगा बारह इसको आप काट के देखिएगा दोस्तों आपका आंसर H बराबर आएगा 12 ठीक है अब यहाँ से बोल रहे कब सरफेस एयर निकालो तो 2 इन टू बटा सात इन रेडियस हमारा कितना है 14 है और हाइट हमारा कितना है दोस्तों 12 है तो 7 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दो 12 दुना 24 दूना 48 दोस्तों गुने करेंगे 22 तो हमारा क्या आएगा दोस्तों बाईस अट्ठे एक और बाईस चक अट्ठासी और सात पंचानवे और दस हो जाएगा एक तो एक इसका हमारा सही उत्तर आएगा कब्ड सरफेस एरिया ठीक है दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अलेवन एक वस्तु को 40 परसेंट की हानि पर बेचा जाता है हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य की लगभग कितने प्रतिशत है मान लीजिए मेरे दोस्तों कोई वस्तु सौ रुपया का है और इस पर अगर चालीस का हानि हो रहा है हानि कितना हो रहा दोस्तों चालीस का क्या हो रहा है हमारा लॉस हो रहा है मतलब 40 के लॉस पर बेचा जा रहा है तो उसको कितना पर बेचा जाएगा तो सौ में 40 घटाएंगे दोस्तों तो साठ रुपया में उसको क्या किया जाएगा दोस्तों सेल किया जाएगा तो बोलता है हाने की रास्ती वस्तु के विक्रय मूल्य की लगभग कितने प्रतिशत है तो सीधा करेंगे मेरे भैया 40 बटा 60 और परसेंट में बदलने के लिए सौ से गुना करेंगे तो जीरो से ज़ीरो कटेगा और चार बटा हो जाएगा हमारा यहाँ पर छः तो इसको हम शॉर्ट मैथर्ड में आपको बता सकते हैं लेकिन सबको समझ में आना चाहिए ना दोस्त तो 6 छः 36 हो जाएगा फिर 4 जीरो 6 छक 36 हो जाएगा फिर 6 छत्तीस हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा छी सिक्स अब बढ़ते हैं मेरे मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ये भी क्वेश्चन आसान नहीं है दोस्तों बोलता है बी ए से 10 परसेंट अधिक है इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए करेंगे बी बटा ए अधिक मतलब ग्यारह बटा ठीक है बोल रहा है सी ए से बीस कम है मतलब सी बटा हमारा होगा वो 20 परसेंट को लिखते हैं सीधा यहाँ पे एक बटा पाँच तो एक काम है तो हो जाएगा हमारा चार बटा पाँच तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा चार बटा पाँच ठीक है बोल रहे बीस सी से कितने प्रतिशत अधिक है अब यहाँ पे कहोगे मेरे दोस्त यहाँ पे ये 10 है यहाँ पे ये पाँच है अब ये कहेगा यार हम एक ही आदमी दो जगह अलग अलग हो नहीं सकते हैं तो ये कहेगा पाँच इधर वाले ये बोलेगा कि कोई दिक्कत नहीं हम नीचे दो से गुना कर लेते हैं ऊपर दो से गुना कर लेते हैं तो बोल रहे बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है यहाँ भी दस हुए यहाँ भी दस हुए बात बराबर हो गया अब मामला क्वेश्चन का बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है बी हमारा मेरे मित्र 11 है और बी हमारा कितना है 11 है और सी हमारा कितना है 8 है तो कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों 3 अधिक है किस से आठ से तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए सौ से गुनाह करते हैं दोस्तों या फिर आप तीन बटा का वैल्यू सीधा आद रखेगा कि सैंतीस पाँच परसेंट होता है जो कि ऑप्शन नंबर तीन इसका सही उत्तर होगा दोस्त अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन ए क्वेश्चन ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आसान है दोस्तों जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन दिखेगा चार गो एक दो तीन चार यहाँ पे दो डॉट चार डॉट दो डॉट तो कुछ नहीं करना इधर वाले को अंदर अंदर गुना करना है इसको बाहर बाहर गुना करना है और बराबर कर देना है तो एम इंटू करेंगे मेरे दोस्त हो जाएगा एम स्क्वायर k स्क्वायर ठीक है मेरे दोस्त अब यहाँ से m बटा k का हॉल स्क्वायर बराबर है मेरे दोस्तों 16 तो यहाँ से हमारा हो जाएगा m बटा k बराबर 4 बटा 1 क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा अब मामला क्वेश्चन का k स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर इस टू k स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान क्या होगा तो यहाँ k केक्वायर का वैल्यू कितना k का वैल्यू 1 है इसका कर देंगे वो लोग ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट है ब्रैकेट टू एम स्क्वायर एम स्क्वायर का वैल्यू m का वैल्यू चार है तो एम स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 16 और 16 दोनों करेंगे तो हो जाएगा हमारा 32 इस टू के स्क्वायर के स्क्वायर कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 और m का स्क्वायर मतलब चार का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 तो क्या हो जाएगा बत्तीस और एक तैतीस इस टू सोलह और एक सत्रह जो कि ऑप्शन नंबर चार हमारा सही उत्तर होगा दोस्त अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की ओर दोस्तों ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा दोस्तों घुमावट होता है बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होता है रणबीर ने एक कंप्यूटर सूची मूल्य से 25% कम मूल्य पर ख़रीदा और इसने अपने पड़ोसी को मान लीजिए मेरे दोस्तों सॉरी हाँ बोल रहा है कि रणबीर ने एक कंप्यूटर सूची मूल्य से पच्चीस कम मूल्य पर ख़रीदा और इसने अपने पड़ोसी को आ, अपने क्रय मूल्य के 40 परसेंट लाभ पर बेच दिया मान लेते हैं मेरे दोस्तों सौ रुपया का वो वस्तु है ठीक है उसका सूची मूल्य कितना है दोस्तों उसका जो प्राइस है वो है सौ रुपया अब 25 परसेंट कम मूल्य पर ख़रीदा मतलब 100 पर 25 का उसको बेनिफिट हो रहा है तो ई बेचारा जो खरीदा होगा वो खरीदा होगा पचहत्तर में ठीक है अब बोल रहा है कि ये जो रणबीर बाबू है इसने अपने पड़ोसी को अपने कड़े मूल्य के मतलब ये पचहत्तर में खरीदा है इसके लिए करे मूल्य के रणबीर के लिए बोल रहा है उसके बाद चालीस परसेंट लाभ पर बेचा तो चालीस परसेंट का अगर वैल्यू ऐसे फरैक्शन में करोगे ना तो टू बाई फाइव होता है तो दो का फायदा पाँच पे तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सात बटा इसको बाद रखिएगा तो यहाँ पर इस सात बटा पर किसको बेच रहा है दोस्तों अपने पड़ोसी को बेच रहा है तो कंप्यूटर के सूची मूल्य पर रणवीर द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे काटेंगे मेरे दोस्तों तो, हो पांच तो हमारा हो जाएगा पाँच से काटेगा ये पंद्रह पंद्रह सतह सॉरी अबे देखिए पाँच से काटेंगे दोस्तों ये हमारा हो जाएगा पंद्रह और पंद्रह सतह करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक सौ पाँच तो यहाँ पे बोल रहा है कंप्यूटर के सूची मूल्य पर रणवीर द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ क्या होगा ये रणवीर बाबू जो है सो ए, पहले सौ में खरीदा है सौ का जो वस्तु है वो 105 में चला गया है तो प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है दोस्तों 5 परसेंट का लाभ हो रहा है तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दो अब बढ़ते हैं दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फिफ्टीन दोस्तों बार बार कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखिएगा कर तभी समझ में आएगा टॉपर्स आपको यही बताता है वैसे टीचर के चक्कर में दो दिन में तीन दिन में आप सिलेक्शन किसी ज़िंदगी में नहीं ले पाओगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये हमारा दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का सवाल है सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे यहाँ से तीन भागा करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा चार तो पाँच भागा कर देंगे सीधा यहाँ पे अट्ठाईस माइनस एक बटा दो जैसा जैसा सवाल में है उसको धीरे धीरे हल करते हुए बढ़ेंगे ग्यारह बटे बारह है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ग्यारह बटे बारह करेंगे माइनस दो से इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दो तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दो बटा अब यहाँ से फिर ब्रैकेट बंद करेंगे अब यहाँ काटेंगे छः से कट जाएगा हमारा तीन बार में पाँच से काटेंगे कटेगा काटेगा बार में तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा दोस्तों पाँच बटा तीन अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों अट्ठाईस का एल्शियम अट्ठाइस आएगा तो पाँच में अगर चौदह घटेगा तो बचेगा माइनस नौ बटा अट्ठाइस प्लस ग्यारह बटे बारो, इसको और इसको दोस्तों जोड़ देते हैं एक साथ में ठीक है ये दोनों का एल्शियम आएगा हमारा बारह तो हो जाएगा ग्यारह प्लस तीन चक बारह चार पच्चीस पाँच तो 20, 10, 30, इकतीस बटा 12. अब इसको और इसको हम लोग दोस्तों जोड़ देते हैं इसको और इसको ठीक है ध्यान रखिएगा माइनस में ही रहेगा तो 28 और 5 का एल्शियम जो हमारा मान लेते हैं अट्ठाईस गुना पाँच आ जाएगा तो 28 से 28 कटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 9 पचे 45 प्लस 5 से पाँच 28 तो दूना छप्पन ठीक है अट्ठाईस दो न हो जाएगा अब इसको थोड़ा सा फिर सॉल्व करना पड़ेगा इकतीस बटा बारह माइनस छप्पन और पैंतालीस पाँच चार नौ नौ नौ नौ नौ नौ नौ नौ दस हो जाएगा यहाँ पे हमारा एक सौ एक बटा अट्ठाईस दोगुने पाँच ठीक है किसी से कट रहा है साथ एक नहीं कट रहा है मेरे दोस्त अब इसको कुछ नहीं करेंगे इसका एल लो दोस्तों ले लेंगे तो एल लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों छः गुने चौदह चार सतह दोस्तों यहाँ पे इसका एल्सीम लेंगे तो हमारा बचेगा क्या बचेगा चार ती बारह चार सते अट्ठाईस चार गुने तीन गुने सात गुने पाँच इसका हो जाएगा हमारा एलसीयम अब काटेंगे तो बारह से बारह कट गया सात पच्चीस पैंतीस गुने हो जाएगा इकतीस माइनस अट्ठाईस गुने पाँच है तो सात अट्ठाईस गुने पाँच यहाँ बचेगा तीन तो यहाँ पर एक, एक होगा तीन अब पैंतीस को हम लोग दोस्तों इकतीस से गुनाह करेंगे और इसको घटाएँगे तो क्या बचेगा वो उसको भी देख लेना पड़ेगा ठीक है तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों इसको सॉल्व कर ही देते हैं यहाँ पे पैंतीस गुने इकतीस तो हो जाएगा यहाँ पे इकतीस बचे हमारा कितना एक सौ अभी 155 बाकी हाथ में रहेगा हमारा 15, फिर इक्तीस दिया तिरानवे पाँच अंठानवे और 10 हो जाएगा हमारा 108, तो, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक हज़ार पचासी माइनस यहाँ पर एक गुना तीन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 303 सौ तीन डिवाइड बाय चार गुना चार तिया बारह गुना यहाँ पर कर देते हैं हम लोग दोस्तों पैंतीस ठीक है अब फिर से आगे बढ़ते हैं तो एक में 303 घटाएंगे तो पाँच में चीन गया तो हमारा बचेगा दो एक सौ आठ में चीन गया तो हमारा बचेगा यहाँ पे दोस्तों अठहत्तर अब यहाँ से हो जाएगा हमारा बारह गुना पैंतीस ठीक है अब दोस्तों क्या करेंगे ये सब दोनों को न, दो से भागा दे दो यहाँ पे भी दो से कट रहा है यहाँ भी दो से कट रहा है तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं इधर कर देते हैं दोस्तों ठीक है इधर करते हैं तो सात को हम लोग दो से काटेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर उनचालीस एक यहाँ से काटेंगे तो बचेगा छः तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दोस्तों तीन सौ इक्यानवे बटा पैंतीस गुना छः कितना हो जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा ये हमारा दो सौ दस जो कि ऑप्शन नंबर दो सही उत्तर है इतना आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन दोस्तों ये अभी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है बोलता है ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम से बिंदु एन तक बिंदु एन की ओर चलना शुरू करते हैं मान लेते हैं मेरे दोस्त ये है ये और ये है बी और इस बिंदु से ये बेचारा चलना चालू करता है तो बोल रहा है बिंदु M से N की ओर चलना चालू होता है बिंदु M ये है दोस्तों और बिंदु N ये है यहां से चलना चालू करता है B N पर पहुंचता है B जो है ये हमारा इसको फिर हम हरा मारकर से डिनोट करते हैं बी जो है सो तो चलते चलते कहाँ पर पहुँच जाता है दोस्तों एन पर पहुँच जाता है और तुरंत वापस एम की ओर चलना शुरू करता है यहाँ से पहुँच के ये फिर जो है सो तो इस डायरेक्शन में गया और फिर इस डायरेक्शन में आना चालू हो जाता है वह बिंदु वो एम और एन के बीच पर ए से मिलता है मर जे ये यह यहाँ से चलना चालू हुआ और ये जो बेचारा यहाँ पहुँचा और ये बिंदु हमारा वो है ठीक है तो बी जो है सो एन तक गया और फिर एन से आके कहाँ पर मिलता है दोस्तों वो पर मिलता है किस ए से? से ठीक है इतना ध्यान रखिएगा एम और एन के बीच की दूरी दो किलोमीटर है इस पूरे फिर से इसको नया मार्कर से देखते हैं दोस्तों इससे यहाँ पे बोल रहा है कि M और N के जो बीच की दूरी है दोस्तों वो हमारा है 245 किलोमीटर तो हम मान लेते हैं कि M और वो के बीच का दूरी होगा x किलोमीटर और वो और N के बीच का दूरी होगा 245 सौ माइनस एक्स किलोमीटर तभी तो ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे मेरा दोस्त तो दो होगा तो ऐसा मान लें बोल रहा है M और N के बीच की दूरी दूसरे पैतालीस है यदि A और B की चाल मतलब ये यो ए बेचारा है इसका चाल 26 किलोमीटर मतलब चलो भाग रहा है 26 किलोमीटर पर आ रहा है और B की चाल दोस्तों पैंसठ किलोमीटर पर आ रहा है तो बोल रहा है O और N के बीच की दूरी याद कीजिए इसके बीच का दूरी हम लोग को निकालने में बोला जिसको हम लोग फिर से दूसरा मार्कर यूज करते हैं इसके बीच का दोस्तों हम लोग को क्या बोल रहा है निकालने के लिए मार निकालने के लिए बोल रहा है वो और एंड के बीच का दूरी ठीक है याद रखिएगा इसको निकालने बोल रहा है तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे बोल रहा है दोनों एक ही समय पर जब दोस्तों समय कांस्टेंट होता है ये फार्मूला हमेशा इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा डी बराबर एस टी दूरी बराबर चाल गुणे समय ठीक है दोस्तों तो अगर समय कॉन्स्टेंट रहता है तो हो जाता है सीधा डी वन बटा एस तो डी हमारा यहाँ पे दोस्तों आ, डी वन जो है मान ली कि ए जो A हमारा है सो यहाँ से 26 से हमारा चल आ, अबे A जो हमारा है वो M से वो के बीच जाता है तो इसके बीच का दूरी कितना कवर कर रहा है दोस्तों X कवर कर रहा है तो X यहाँ पे लिखेंगे D1 वन के जगह में उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए D1 वन के जगह में कितना लिखेंगे दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर हमारा आ, एक्स किलोमीटर अब बोल रहा है इसका चाल कितना है तो ए का चाल कितना है यहाँ पे 26 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे ये लिखेंगे अब डे टू डे टू जो है सो तो ए बी वाला आदमी के बारे में बोल रहा है कि बी कितना दूरी तय कर रहा है तो ए बेचारा यहाँ से जाता है एंड तक और फिर एंड से आ जाता है यहाँ तक तो टोटल तो अगर देखेंगे तो ये दो किलोमीटर प्लस दो सौ किलोमीटर तो टोटल दूरी क्या करता है मेरे दोस्तों तय करता है ठीक है तो इसका टोटल दूरी के गया चौबीस दून अड़तालीस और एक उनचास के कि चार एक्स तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा चार सौ एक्स और इस भैया का चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा अब यहाँ से काटेंगे तेरह दो न छबीस तेरह तीन उनचालीस एक्स और यहाँ टू एक्स हो जाएगा एक्स और यहाँ पे 49 दो हो जाएगा अंठानवे जो कि हो जाएगा नौ अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्तों तो पाँच एकम पाँच चार आठ 5 9 पैंतालीस पाँच छत्तीस गलत हो गया क्या अंठानबे दो ना एक सौ छियानवे उनचास दोनों अंठानबे चार चौबीस दोनों आ गया एक्स का वैल्यू तो बोल रहा है कहीं मिस तो नहीं किए दोस्तों ये एम ये जो है सो यहाँ से यहाँ तक तो जा रहा है एक्स किलोमीटर जिसका जो है चाल है छब्बीस किलोमीटर बी जो है तो यहाँ से यहाँ तक तो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो बी से एन तक जा रहा है एन से वो तक आ रहा है तो यहाँ से चला ये दो सौ पैंतालीस किलोमीटर पूरा पूरे दो सौ पैंतालीस में दिया है ना छब्बीस दिया है पैंसठ दिया है तेरह दोनों छब्बीस अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे गलती थोड़ा कर दिए है सोचे कहाँ मिस कर दिए भाई साहब दोस्तों 13 दो ना होता है और यहाँ पे तेरह पचे होता है जो काटने में भी दिक्कत की हम तेरह पचे तो 5x और 2x एक्स यहाँ पर जुड़ेगा तो हो जाएगा 7x एक्स बराबर उनचास जो कि 980 और x बराबर हो जाएगा दोस्तों 7 से चौदह कटेगा चौदह बारह में तो एक तो एक्स बराबर मेरे मित्रों एक है ठीक है इस x का वैल्यू हमारा 140 है तो इ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 245 सौ माइनस एक्स हो जाएगा तो 245 सौ माइनस जैसे वो एन एम को निकालना है तो 245 सौ माइनस एक्स करेंगे तो x का वैल्यू कितना है दोस्तों x का वैल्यू हमारा है एक तो 245 सौ माइनस एक करेंगे तो 5 में जरूर जाएगा तो 5 बचेगा 24 में 10 जाएगा तो चौबीस में चौदह जाएगा तो दस बचेगा जो कि हमारा एक किलोमीटर दूरी होगा दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर तीन सही उत्तर होगा अब बढ़ते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन की ओर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में दोस्तों छह कर्मागत विषम संख्याओं का औसत 26 है इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं छह संख्याओं का औसत है तो टोटल तो संख्या हो जाएगा छः गुना छब्बीस होता है एन बाय यानी छः बटा दू टू को मतलब पहला वैल्यू प्लस एन माइनस वन मतलब पाँच इंटू पाँच अब ए पाँच दो ठीक है कैसे किए ये मामला दोस्तों छः कर्मागत विषम संख्याओं का औसत छब्बीस है तो छब्बीस से उन्हें छः करेंगे तभी टोटल संख्या निकलेगा और टोटल संख्या जो है दोस्तों वो योग के बराबर होता है ना तो एक फार्मूला पढ़े होंगे एस एन बराबर एन बाई टू टू एन जो है सो दोस्तों पूरे पूरा कितना संख्या है जैसे अगर एक दो तीन चार बोले तो चार संख्या है उसके जगह पे हम लोग एन का वैल्यू फूट करते हैं ए जो हमारा दोस्तों फर्स्ट संख्या होता है जैसे मान ली एक दो तीन चार है बोलेगा कि इसका योग अब याद कीजिए तो टोटल संख्या कितना है एक दो तीन चार तो यहाँ पर बिठाएँगे चार बोलेगा ए का वैल्यू कितना एक हो जाएगा यहाँ पे एक का वैल्यू बोलेगा एन का वैल्यू कितना चार हो जाएगा डी का वैल्यू कितना डी में हो गया कॉमन डिफरेंस मतलब एक और दो के बीच में कितना अंतर एक है लेकिन अगर बेसम संख्या की बात की जाए तो हो जाएगा एक तीन पाँच सात तो बेशम के अंतर कितना होता है दोस्तों दो का अंतर होता है इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चे वाली बात अब इसको करेंगे नहीं मामला साफ़ है इसको सिर्फ बनाना है छः से काटेंगे तो यहाँ पे एक बार में कटेगा दोस्तों छब्बीस धुना यहाँ पे हो जाएगा हमारा बावन और टू पाँच दोनों दस तो ए बराबर होगा दोस्तों बावन में दस जाएगा बयालीस बटा दो यानी कि इक्कीस हो जाएगा तो पहला टर्म हमारा इक्कीस आ गया मतलब पहला संख्या इक्कीस हो गया दूसरा संख्या हमारा तेईस होगा उसके बाद तीसरा संख्या हमारा पच्चीस होगा चौथा संख्या हमारा सत्ताईस होगा और पाँचवा संख्या हमारा उनतीस होगा और छठा संख्या हमारा इकतीस होगा तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर्गत कीजिए तो सबसे छोटी संख्या हमारा इक्कीस है सबसे बड़ी संख्या इकतीस है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा होगा दोस्तों 31 माइनस इक्कीस जो कि ऑप्शन नंबर दो सही उत्तर होगा ठीक है दोस्तों अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर दोस्तों ये डीआई का क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मतलब मिला के आपको बनाना पड़ेगा C3 या C4 रंग वाले रबड़ों सी रबड़ ये है मेरे दोस्त और सी फाइव रबड़ ये है यहाँ बोलेगा मतलब दोनों को जुड़ना है यहाँ पे और हो गया इसका मतलब कुल संख्या प्रत्येक रंग की कलमों की औसत संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है तो दोस्तों इसका कुल संख्या हम लोग देखेंगे तो 40 और बीस साठ यानी कि हो जाएगा हमारा छिया अब बोल रहा है कुल संख्या का औसत मतलब c1 c2 c3 c4 c5 c6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा बीस चार दो छः छः बारह और छः अठारह तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18 3 और एक चार दो छः दो आठ चार बारह दो, आथ, दो और दो सोलह एक सो, है ना दोस्तों तो बोल रहा है क्या बोल रहा है इसका औसत निकालने के लिए बोल रहा है कि सी थ्री या सी फोर रबड़ वाले रबड़ों की कुल संख्या प्रत्येक रंग की कलमों की औसत संख्या का औसत निकालना है मतलब सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स का तो छः से भाग देंगे क्योंकि टोटल सिक्स है दोस्तों तो छः दो नौ बारह छः छः अड़तालीस हो जाएगा तो कितना परसेंट है निकालने के लिए बोल रहा है तो दोस्तों यहाँ पे हम लगभग कितना परसेंट है सी थ्री या सी फोर रंग वाले रबड़ों की कुल संख्या सी थ्री सी फोर हो हमारा चालीस और बीस साठ यहाँ पे दोस्तों बासठ है इसको बड़ा मिस कर दिया ना कुल संख्या प्रत्येक रंग की कलमों की औसत संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है ठीक है तो यहाँ पे हमारा निकल गया सी थ्री या सी फोर के लिए बासठ बटा अट्ठाईस अब इसको हम लोग परसेंटेज बदलने के लिए सौ से गुना करेंगे यहाँ पे काटेंगे तो इकतीस होगा यहाँ पे काटेंगे तो हमारा कितना होगा दोस्तों चौदह होगा अब चौदह से इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा अभी चौदह लगभग कितना प्रतिशत है एक सेकंड दोस्तों सी थ्री या सी फोर रंग वाले रबड़ों की कुल संख्या सी या सी फोर वाले अबे थोड़ा सा दोस्तों देखिए मिस्टेक कर दिया यहाँ पे बोल रहा है रबड़ों की कुल संख्या तो रबड़ यहाँ बारह और अट्ठारह है ना मेरे दोस्त तो रबड़ों की कुल संख्या हमारा हो जाएगा कितना तीस हो जाएगा दोस्तों रबड़ ये वाला है और बोल रहा कि रबड़ों कुल संख्या प्रत्येक रंग की कलमों कलम ये है रबड़ ये है बाबज कितना छोटा मिस्टेक और बोल रहा कि कलमों की संख्या से कुल कितना लगभग कितना प्रतिशत है यहाँ पर दोस्तों इसको फिर से लिखेंगे तो ये हमारा 30 है और ए हमारा अट्ठाईस है अब यहाँ पे हम लोग सौ से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15 अब भागा लगाएंगे तो 14 एक या चौदह बचेगा उसके बाद एक जीरो है तो ये नहीं कट रहा है तो फिर यहाँ जीरो बैठाएंगे फिर यहाँ हो जाएगा चौदह सत्तर अंठानवे फिर बचेगा दो चौदह तो यहाँ तक मामला साफ है कि एक, एक आ रहा है जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मार देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर वन दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी थ्री या सी रंग वाले रबड़ों की कुल संख्या रबड़ दोस्तों ये है तो सी थ्री में रबड़ 12 है सी में रबड़ अठारह दोनों को जोड़ेंगे तो 30 रबड़ होगा और बोल रहा प्रत्येक रंग की कलमों की औसत संख्या का प्रत्येक रंग की कलम कितना तो है यहाँ पे 20, 24, 40 बाईस छब्बीस छत्तीस सबको जोड़ेंगे तो एक 160, इसका निकालेंगे एवरेज तो अट्ठाइस और बोल रहा इसका कितना प्रतिशत है तो तीस बटा अट्ठाईस उन्हें करेंगे तो एक आएगा जो ऑप्शन नंबर वन सही उत्तर होगा अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उन्नीस दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन लंबा है जो कि आपको बनना ही पड़ेगा कोई उपाय इसका नहीं है कृति ने एक बचत योजना में वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि का निवेश तीन वर्षों के लिए किया यदि उसने समान राशि का निवेश तीन वर्षों की अवधि के लिए शिक्षा योजना में पहली वाली वार्षिक ब्याज की दर से दो अधिक पहला माल ये रेट दोस्तों आर है फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला जो रेट है दोस्तों ये बोल रहा है दो अधिक मतलब आर प्लस ठीक है तो उसे निवेशित राशि पर 540 सौ का अधिक ब्याज प्राप्त होता है ठीक है अधिक ब्याज प्राप्त होता है मतलब पहले वो जो है R के दर से तीन साल के लिए निवेश करता है तो तीन साल के लिए निवेश करता है वो तो मान लेते हैं तो कृति ने कितनी राशि का निवेश किया P राशि का निवेश दोस्तों किया और कितने प्रतिशत की दर से किया दोस्तों आर की दर से किया ठीक है कितने साल के लिए किया दोस्तों तीन साल के लिए किया ठीक है अब बोल रहा है कि अगर ये जो है सो so, R नहीं R प्लस टू परसेंट मतलब 2 परसेंट अधिक के दर पर करेगा तो उसको पाँच रुपया अधिक ब्याज मिलेगा तो 540 मिलेगा अधिक तो यहाँ पे करेंगे P R प्लस टू परसेंट गुने कितना करेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना साल के लिए तीन साल के लिए अबे, तीन साल के लिए तो दोनों ब्याज का जो अंतर होगा दोस्तों पाँच अधिक मतलब दोनों ब्याज का अंतर ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 540 ठीक है अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे परसेंटेज परसेंटेज दोनों से हटाएंगे तो इधर डबल जीरो बैठाएंगे भी देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी आर इनटू थ्री ठीक है यहाँ पे इनटू है प्लस पी आर इंटू थ्री प्लस पी आर इंटू थ्री उसके बाद पी इंटू टू इंटू थ्री करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिक्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा पी इंटू थ्री और यहाँ से जो हम लोग दोस्तों परसेंटेज को हटाए हैं इस दोनों को इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डबल ज़ीरो बैठाएँगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अबे चौवन हजार ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे ए पी आर थ्री और ये पी आर थ्री कट जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पे सिक्स पी बराबर चौवन दोस्तों फिर सिस्टम हैंग कर रहा है इसको फिर से थोड़ा रेस्ट देना बहुत बुरा रेस्ट दो हमको इतना स्टार्ट नहीं पाएंगे तो यहां पे हो जाएगा हमारा दोस्तों छः नवा यानी कि P बराबर हो जाएगा 9000 जो कि ऑप्शन नंबर चार सही उत्तर होगा दोस्तों अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर बीस एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का चालीस खर्च करता है व्यक्ति की मासिक आय में पंद्रह की वृद्धि होती है और उसके व्यय में बाईस की कमी होती है उसकी बचत में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है दोस्तों मान लीजिए कि कोई आदमी सौ रुपया क्या कर रहा है दोस्तों आ, कमा रहा है मतलब कमा रहा है इसको क्या हो इंग्लिश में बोल सकते हैं कमा रहा है मान लीजिए कि कोई आदमी 100 ठीक है इसको डिनोट करेंगे ई से अर्न का मतलब होता है कमाना तो ई से डिनोट करेंगे कि सौ रुपया कोई आदमी कमा रहा है तो चालीस खर्च कर रहा है बेग इसको लिखेंगे सीधा कमाना है सौ कमा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है दोस्तों चालीस परसेंट खर्च करा है। मतलब 40 खर्च कर दे रहा है तो सेविंग को डिनोट करेंगे यस ये कितना सेव कर रहा है दोस्तों तो ये 60 सेव कर रहा है ये हमारा पहला बात जो बोला है उसको लिख दिए बोल रहा है कि व्यक्ति की मासिक आय में 15 परसेंट के वृद्धि होता है मतलब सौ रुपया जो बेचारा कमा रहा है उसमें पंद्रह का वृद्धि हो जाएगा तो एक फिर दूसरा बार में कितना कमाएगा दोस्तों एक रुपया अब बोल रहा है कि ये एक्सपेंड करता है। बोलता है कि और उसके व्यय में बाईस की कमी होती है भैया पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए 40 है और 40 में अगर हम लोग बाईस परसेंट की कमी करेंगे मतलब ये हो जाएगा हमारा 78 परसेंट तो 78 परसेंट होगा दोस्तों इसको तो गुना के साथ चेक अट्ठाईस अड़तीन इकतीस दो तो इकतीस पॉइंट दो हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा तो ये यह कितना यहाँ पे दोस्तों एक्सपेंड कर रहा है भी मतलब खर्च कर रहा है तो इकतीस जब ये इकतीस दोस्तों खर्च कर दे रहा है एक कमा रहा है तो कितना बचा रहा है दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग को सेविंग करेगा तो दस में दो जाएगा तो बचेगा आठ दस मान लो चार में एक जाएगा तो बचेगा तीन उसके बाद सात में न, एक सौ पंद्रह एक सौ चौदह ग्यारह में तीन जाएगा तो बचेगा हमारा आठ तो ये आदमी जो है सो तिरासी रुपया क्या कर रहा है सेविंग कर रहा है और इकतीस पॉइंट दो रुपया खर्च कर रहा है ठीक है अब दोस्तों बोल रहा है कि उसकी बचत में लगभग प्रतिशत वृद्धि जात कीजिए पहले ये बेचारा साठ बचा रहा है अभी बेचारा ये तिरासी रुपया बचा रहा है तो कितना अधिक बचा रहा दोस्तों तो तेईस पॉइंट एक सेकंड एक सेकंड यहाँ पे 60 परसेंट ये पहले सेव कर रहा है और यहाँ पे ये यह। तिरासी रुपया बोल रहा है उसकी बचत में लगभग प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए आठ तीन ग्यारह पहले ये बचा रहा था 60 रुपया बाद में बचाने लगा तिरासी रुपया तो 60 और 20 अस्सी तेईस का ये जो है सो तो क्या कर रहा है बचत कर रहा है कितना में 60 में अब इसका बोल रहा है कि निकालिए क्या निकालिए परसेंटेज निकालिए तो इसको इस तरह कर देंगे तेईस का बचा रहा है कितना में 60 में तो परसेंटेज निकालना है तो जीरो से हम लोग यहाँ ज़ीरो काटेंगे तीन से यहाँ काटेंगे यहाँ पर इसको इसको काटेंगे यहाँ पाँच से अब 23.8 पॉइंट आठ करेंगे तो हमारा हो जाएगा पन्ना अट्ठे और पाँच ती पंद्रह और चार उन्नीस उसके बाद पाँच दोना दस और एक ग्यारह एक, एक है दोस्तों हम एक को मान लेते हैं 120 क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि लगभग में मान बताइए तो 120 सौ बटा तीन करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा चालीस जो कि ऑप्शन नंबर चार सही है अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर इक्कीस की ओर दिए गए देश से प्रतिवर्ष उस वस्तु के निर्यात का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए प्रतिवर्ष औसत मूल्य ज्ञात कीजिए तो इसका औसत बोला जोड़ के की क्या कीजिए निकालिए तो क्या करेंगे छः दो आठ चार बारह और आठ बीस और छः छब्बीस हो गया बाकी यहाँ दो सात दो नौ सात सोलह सोलह छः बाईस बाईस पाँच सत्ताईस सत्ताईस और चार हो गया हमारा इकतीस अब बोल रहा है कि हमारा ला इस पर चार फिलोर बैठाना है जीरो के दिया हुआ तो एक दो तीन चार फिल बैठाएँगे औसत बोल रहा है कितना पाँच साल का तो यहाँ पे पाँच से भागा लगा देंगे अब जैसे ही किसी को पाँच से भागा लगाते हैं तो क्या होता है इसका डबल हो जाता है जो डिजिट रहता ना तीन इसका डबल तो तीन का हो जाएगा छः और एक जीरो ऑटोमेटिक कटता है और यहाँ पर फिर तीन जीरो बैठ जाता है तो छः पर तीन जीरो ऑप्शन नंबर तीन में है जो कि सही होगा अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। भूगलता की रणबीर ने कार के करे मूल्य पर 50 परसेंट छोट में ये कार खरीदी दोस्तों एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा पानी पी लेता हूं रणवीर ने कार के करे मूल्य पर 50 परसेंट छूट मान लीजिए दोस्तों करे मूल्य हमारा सौ रुपया है 50 परसेंट छोट पर एक कार ये बेचारा खरीदा तो 50 परसेंट छोट पर मतलब आधा छूट पर ख़रीदा तो सौ का कार कितना में खरीदेगा पचास रुपये में खरीद देगा यदि छूट छूट साठ हो अगर छूट जो है दोस्तों ये साठ होता तो कितना में खरीदता चालीस रुपये में खरीदता तो उसे 10000 का क्या होता कम का भुगतान करना पड़ता मतलब यहाँ पे 50 का भुगतान कर रहा है यहाँ पे 40 का भुगतान कर रहा है मतलब 10 का भुगतान कर रहा है और इसका वैल्यू दोस्तों ने दिया हुआ हमारा एक लाख रुपया ठीक है, है दोस्तों एक लाख दिया हुआ है तो बोलता है कार का करेब मूल्य कीजिए कार का करेब मूल्य देखिए दोस्तों यहाँ पे सौ रुपया है ना तो इधर भी गुना करेंगे दस से और इधर भी दस से गुना करेंगे तो हमारा सौ का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दस लाख रुपये ठीक है, है कितना हो जाएगा दोस्तों दस लाख रुपया जो कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर वन सही है ठीक है अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तेईस एस वन किसी कार्य को अकेले नौ दिन में कर सकता है, एस टू अठारह दिन में एस थ्री इतना दिन में एक साथ कार्य करते हैं तो पूरा कार्य करने के लिए एक साथ कर दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है एस वन जो है एस टू जो, जो है और एस थ्री जो है एस वन किसी कार्य को दोस्तों नौ दिन में कर रहा है एस जो है सो किसी कार्य को दोस्तों एस जो है सो so किसी कार्य को दोस्तों 18 दिन में कर रहा है और एस जो है सो so किसी कार्य को दोस्तों 27 दिन में कर रहा है तो यहाँ पे 27 लिखेंगे ये तीनों का दोस्तों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्तों कितना एलसीएम इसका हो सकता है 9, 18 और 27 का निकाल देते ना नौ एकम नौ नौ दोनों अठारह और नौ तीन तो तीन दो नौ छः इसका एल दोस्तों आ जाएगा हमारा चौवन तो नौ जो आदमी S1 नौ दिन में काम कर रहा है हाँ नौ दिन में जहाँ पे काम कर रहा है इसका क्षमता हो जाएगा छः दोस्तों नौ छः चौवन S2 जो है अठारह दिन में काम करे इसका क्षमता हो जाएगा एक दिन का कितना तीन अठारह तीन चौवन उसके बाद जो S3 है जो सत्ताईस दिन में काम करे इसका क्षमता हो जाएगा दोस्तों सत्ताईस दो नौवन अब बोल रहा है ये तीनों जो काय करता है ना इसको सात गोटे मिलता है मतलब एस वन एस को मिलाकर कितना मिलता है दोस्तों 726 सौ रुपया मिलता है यहाँ पे मामला साफ है S1 वन प्लस एस प्लस एस बराबर कितना है दोस्तों 726 जबकि इसका वैल्यू कितना है 639 और दो ग्यारह इसको यूनिट मान लेते हैं हम लोग यूनिट रेशियो जहाँ भी होता है वहाँ यूनिट मानते हैं तो इसको मान लेते हैं X बराबर इतना दिया हुआ है सात तो बोल रहा है एस और एस का एक साथ लिया गया संयुक्त याद कीजिए एस दोस्तों देखिए तीन लिया है और एस्थिर यहाँ दोस्तों दो लिया है तो हम लोग को निकालने बोल रहा है यहाँ पे पाँच एक्स का वैल्यू तो पाँच एक्स का वैल्यू होगा दोस्तों सात सौ छब्बीस बटा यहाँ पे ग्यारह एक्स गुण है पाँच एक्स एक्स एक्स कटेगा दोस्तों यहाँ से और भी कटना चाहिए ग्यारह अच्छा का छः आंसर हाँ ये कटेगा ग्यारह छः छियासठ ग्यारह छठ छियासठ अब छियासठ गुना पाँच हम लोग दोस्तों करेंगे तो हमारा हो जाएगा सीधा आंसर तीन सौ तीस जो कि ऑप्शन नंबर दो में है अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौबीस रोहित ने कुल चार सौ अस्सी रुपये में बारह किलोग्राम संतरे और तीस तीस रुपये प्रति किलोग्राम पे दर से अठारह किलोग्राम अमरूद खरीदे रोहित द्वारा खरीदे गए फलों का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या होगा तो दोस्तों चार में बेचारा बारह किलो फल खरीदा है ठीक है और ₹30 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से 18 किलोग्राम अमरुद ख़रीदा है तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों 30 गुना अट्ठारह ठीक है दोस्तों दोस्तों फिर से हमारा सिस्टम हैंग करना चालू कर दिया है <laughs> बड़ा परेशान कर रहा है भाई साहब अब दोस्तों यहाँ पे 12 किलोग्राम और 18 किलोग्राम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 किलोग्राम तभी तो औसत निकलेगा दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग करेंगे एक सेकेंड अट्ठा चार सौ को चार सौ लिखेंगे प्लस अठारह तिया करेंगे यहाँ पे हम लोग चौवन जो कि हो जाएगा पाँच सौ चालीस बटा यहाँ पे करेंगे तीस जीरो यहाँ से सब जो काटें काटेंगे तो अड़तालीस चौवन कितना हो जाएगा आठ चार हो जाएगा बारह और पाँच चार नौ और एक हो जाएगा दस बटा तीन तो अभी ऐसे रहो हाँ तीन हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे तीन तिया नौ और तीन चार बारह तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही तीसरा जो कि चौंतीस सही उत्तर होगा अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पच्चीस जो कि लास्ट है दोस्तों और काफ़ी डेडिकेशन के साथ हमने वीडियो बनाया है और अभी तक यहां तक आप पहुंच गए हैं मतलब आप पढ़ने वाले ही स्टूडेंट हैं और अभी तक हमारे साथ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े नहीं हैं तो नीचे डिस्क्रिप्सन में लिंक है ज़रूर जुड़ाइएगा चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन दो संख्याओं का महत्तम मतलब है है 5 है और LCM 120 दोस्तों दोस्तों इस को सॉल्व करने से पहले आपको एक बता नंबर सिस्टम में कि LCM गुने, HCF बराबर होता है दोस्तों। पहली संख्या क्या होता है दोस्तों पहली संख्या गुने, दूसरी संख्या ठीक है दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्या इस बात को आप लोग याद रखिएगा नंबर सिस्टम में पढ़ना पड़ता है ये कॉन्सेप्ट ठीक है अब यहाँ बोला दो संख्याओं का महत्तम समाप्रता कितना दोस्तों पाँच है और लघुत्तम समाप्रता कितना दोस्तों 120 है यदि इन दोनों संख्याओं का योगफल मतलब जो संख्या है उसका योगफल 55 है तो इनके व्यक्रमों का योग क्या होगा मतलब बोल रहा है कि एक संख्या एक्स है और दूसरा संख्या वाई है और इसका योग दोस्तों हमारा अगर पचपन है तो बोल रहा इनके व्युत क्रमों का योग मतलब वन बटा एक्स प्लस वन बटा वाई क्या होगा यही क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है अब दोस्तों इस फॉर्मूला का यूज करेंगे एलसीएम सी एम गुने एच बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या तो एलसीएम हमारा दोस्तों आ, देखा जाए तो हमारा एक सौ बीस है और एच दोस्तों हमारा कितना है दोस्तों पाँच है अब पहली संख्या को दोस्तों हम लोग माने हैं एक्स और दूसरी संख्या को माने हम लोग दोस्तों वाई तो आप देख सकते हो एक्स कितना है दोस्तों एक सौ इसको मान लेते हैं मेरे दोस्तों इक्वेशन वन और इसको मान लेते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर टू अगर हम लोग दोस्तों इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से भागा दे दें तो हमारा मामला क्या आएगा आप देख सकते हैं दोस्तों x प्लस अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं इस बात को लिखेंगे नहीं बच्चा को बताया जाता है कि डिवाइडिंगवेशन वन एंड टू सीधा आपको बता रहे हैं कि इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों हमारा x प्लस फॉर्म इक्वेशन वन एंड टू लिखेंगे फॉरम वन एंड दोस्तों सिस्टम हैंग करने लगा है अब फिर ख़त्म होने वाला है फॉरम इक्वेशन वन एंड टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई बराबर पचपन इधर क्या है दोस्तों पचपन डिवाइडेड बाय बारह पचास साठ मतलब हो जाएगा छः सौ ठीक है अब दोस्तों एक्स से एक्स कटेगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा वन बटा वाई और वाई से वाई कटेगा तो हमारा बचेगा वन बटा एक्स अब यहाँ से फिर से काटेंगे पाँच से कटेगा ग्यारह बारह में पाँच से कटेगा बारह बारह में तो हमारा हो जाएगा ग्यारह बटा जो कि ऑप्शन नंबर तीन में सही उत्तर इसका दिया हुआ है इस तरह हम लोग क्यों करते हैं आप बोलोगे भैया अब इसमें डिवाइड क्यों किए हैं दोस्तों हमको रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जिस मेथड का यूज करना पड़े करना ही पड़ता है अब यहाँ हमको डिवाइड करके आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं इसको डिवाइड कर दिए डिवाइड कर ही सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से कम्प्लीट होता है टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन पाँच जुलाई दो शिफ्ट थर्ड एस एस क्वेश्चन का अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत